रा तो सुना तो मुझे काफी है वसीला तेरा सग तेरा पलदा तेरा चाहने वाला तेरा मेरा Oh, no ताली भी सबका मेरा तेरे बारे में तारिया और मैं तारिया हूँ शुक्र है वह रंगे बदिया बुदाद वाले हरी नदी लाने की हो शुक्र है मेरा प्यार अधीर का Santala, the golden land, we shall live with him. Santala, holy, Santala. ना पीवा ना गा ना पीवा ना गा अंगि गिली अगर तेरी ना बने मेरे मुंह खा मेरे मुंह खा अंगि गिली अगर तेरी ना बने मेरे मुंह खा मेरे मुंह खा बिगड़ी अगर तेरी ना बने बिगड़ी अगर तेरी ना बने बिगड़ी अगर तेरी ना बने मेरे मुंह खा मेरे मुंह खा हे